राजनीति के कई रंग हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें छात्र नेता नागिन डांस नहीं कर रहे बल्कि कॉलेज के छात्रों से उनके पैर में गिरकर वोट की अपील कर रहे हैं या यूं कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि छात्र नेता पैरों में गिरकर वोट की भीख मांग रहे हैं अब कॉलेज में राजनीति होगी तो छात्र नेतागिरी के गुर सीखेंगे ही दरअसल राजस्थान के भरतपुर से एक चौकाने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को वोट मांगने के लिए लड़कियों के पैर पर गिरते देखा जा रहा है अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है बताया जा रहा है कि राजस्थान में तकरीबन दो साल बाद छात्र संघ के चुनाव शुरू हुए थे ऐसे में छात्र संघ के नेताओं को अपने बैचमेट से वोट के लिए गुहार लगाते देखा गया वही वोटिंग के दिन मतदान करने जा रही लड़कियों के पैरों पर गिर नेताओं ने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की तो देखा आपने कैसे पैरों में गिरकर छात्र नेता वोट मांग रहे हैं वैसे राजनीति को लेकर जनता का भी कुछ ऐसा ही नजरिया है कई बार देखा गया है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता जनता को भगवान का दर्जा देते हैं पैरों में गिर जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद नेता जनता और जनता की परेशानियों को भुला देते हैं यही हाल छात्र संघ चुनाव का देखने को मिल रहा है